सब बढ़िया बढ़िया ही होने चाहिए जैसे कि अभी मैं ओ, ये ब्लॉग स्टार्ट किया और मैं घर से अभी ब्लॉग नहीं स्टार्ट करता हूँ तो क्योंकि मैं कल जैसे घर पे मैं बोला ना कि बाल कटवाने तो जा रहा हूँ तो बाद ऐसा कुछ कटा और मैंने गाड़ी में सेट करवाई हुई है थोड़ी सी तो अभी चलते फटाफट -पड़ से ऑफिस में ज़्यादा ही लेट हो गया इतना ट्रैफिक है ना देखा तो आपको एक वो पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक मतलब खुलते ही चालू हो जा रहे हैं मतलब जैसे ट्रैफिक खुल रहे ना तुरंत से चालू हो जा रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा का सलूशन नहीं निकल पा रहा है यहाँ पे और आज 10 साल से यहाँ पे ट्रैफिक ही लग रही है अभी तो फटाफट से चलते और आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ कल बाल कटाने के बाद मैं डायरेक्ट से वही एक छोटा सा क्लिप जो आप देखें ना तो वही मैंने एक सूट ब्लैक की आ रखी मिनट ऐसा हाँ क्योंकि तो वही तो तो मतलब बाल कटाने के बाद मैंने छोटा सा क्लिप लिया तो मैं चेक कर रहा था कैसा लग रहा है दाढ़ी और घर पे नीचे का सेव किया थोड़ा से उसके बाद मैं सो गया मैंने खाना भी नहीं खाया खा कर रहा तो अभी चलते फटाफट पड़ से ऑफिस में और और लैपटॉप तो लैपटॉप का मेरा चार्जर ख़राब हो गया है अगर किसी के पास मतलब कोई अगर पहचान में है सेकेंड हैंड या फिर न्यूज देता है तो उसको मुझे कॉमेंट करे तो मुझे लैपटॉप का चार्जर लेना है और मेरा कीबोर्ड और माउस भी ख़राब हो गया तो भी मुझे लेना है तो एक बार ही मुझे कॉमेंट करके बताएँ कि और उसकी पहचान की कोई शॉप है या उसकी कोई शॉप है तो मुझे बता दे एक बारी और ये ब्लॉग दोनों चैनल पे सेम पे जाएगा तो बताओ एक बार कमेंट करके और आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है फिलहाल में अभी क्योंकि मैं बीच में ब्रेक लिया था और उसकी तो वजह से बहुत सारे ऑडियंस ये हो गए थे बोल रहे उनको ऐसा लग कि मैं ब्लॉग नहीं डालूँगा तो ये हो गया और अभी एक चीज़ में बोलूँगा अभी मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और उसके बाद जिसका भी और कमेंट करेगा जो जो उसका सबसे बेस्ट रहेगा उसका मैं कम्युनिटी पोस्ट में उसका चैनल का लिंक डालूँगा और बहुत कुछ अभी धीरे धीरे स्टार्ट करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है सोशल चलते फटाफट से जॉब